बिसमीम आज कल मार्किट में एक ट्रेंड सा आया हुआ पठान पठान पठान वो एक फ़िल्म निकली हुई है शाहरुख खान की लोग आजकल उसी की बातें कर रहे हैं उसी में ही मगन है उसकी दीवान की पन में ही वो अपना सब कुछ खो बैठे हैं आजकल उसी की ही बातें कि उसने इतना बिजनेस करा उसने छः के करोड़ कमा लिए रुपए वर्ल्ड लेवल की बेहतरीन फिल्म अब तक कोई न्यूज़ का रिकॉर्ड तोड़ पाया ये सारी की सारी चीज़ें आजकल उसी के बारे में हो रही है सोचो ज़रा सोचो ज़रा हम ये नहीं कहते हैं कि पठान जिंदा है मेरे भाई पठान जिंदा हैं लेकिन मुसलमान आज के मर गए आज के मुसलमान मर गए अगर हम एक बात बताएं आपको तो आज अब देख लें कि हमारी मस्जिदें क्या हैं खाली की खाली और सिनेमा हॉल और थिएटर हमारे क्या हैं सारे के सारे फुल हैं एक तरफ से लोग उसको देख रहे हैं और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो दीनदार हो होकर भी उस फिल्म को देख रहे हैं और इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो दूसरे लोगों ने उसका विरोध करा था दूसरे हिंदुओं लोगों ने कि ये फ़िल्म नहीं निकलना चाहिए थी इस फिल्म का बॉयकाट करा था लोगों ने इस वजह से उन्होंने भी देखी अब सोचो ज़रा सोचो कि हमारी दिमाग हमारी खोपड़ी कहाँ जा रही है क्या हम ये अल्लाह को खुश करने वाले काम कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई हमारी मस्जिदें खाली की खाली मूवीज़ हम देखने में मगन है सोचो तीन तीन घंटों का हमारा टाइम बर्बाद हो रहा बताओ ये फिल्म क्या है ये सिर्फ एक इंटरटेनमेंट है ये आपका टाइम बर्बाद हो रहा इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे भाई ज़रा खोपड़ी लगाओ जरा खोपड़ी लगाओ आखिरकार क्या कर लोगे आप इन फिल्मों को देख कर? कुछ भी नहीं होगा मेरा भाई कुछ भी नहीं होने वाला कुछ भी नहीं होने वाला कर लो उस आखिरत की तैयारी मेरे भाई जहाँ हम सबको जाना है वो ज़िंदगी हमारी हमेशा हमेश की है यहाँ हमें एंटरटेनमेंट होने के लिए नहीं आना है ना ही हम यहाँ एंटरटेनमेंट होने के लिए आए हैं जो हम यहाँ मज़े करें मस्ती करें और सिनेमा हॉल और थिएटरों में फिल्में देखें बड़े बड़े पर्दों पर देखें बड़े खुश होकर देखें बड़ी मौज मस्ती अयाशी में अपनी ज़िंदगी काटें ये मेरे भाई यहाँ नहीं है यहाँ इसलिए नहीं आए हम मज़े करें ये हमारे लिए दुनिया क्या है लिया अल्लाह कहते हैं हम इंसान को आसमाते हैं कि वो अच्छे अमल करता है या बुरे बुरेमल करता सोचो ज़रा सोचो मेरे भाई सोचो एक फिल्म के चक्कर में आप लोग इतने दीवाने हैं इतने दीवाने है। सोचो क्या उस फिल्म ने आपको दे दिया क्या दे दिया आपने कुछ नहीं दिया आप सोचते हैं कि हम नहीं शाहरुख खान क्या है हमारे असल हीरो हैं या सलमान खान हमारे असल हीरो हैं नहीं मेरे भाई असल हीरो तो आपके पेरेंट्स हैं जो आपकी हर वक्त देखा बाली करना है और हमारे लिए असल रियल हीरो जो है ना वो ये लोग हैं जिनका पेट क्या हो गया कमर से लग गया जो बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं जो झुककर चलते हैं कानों में सुनने की सलाहियत नहीं है आंखों में देखने की सलाहियत नहीं है और टांगों में चलने की सलाहियत नहीं है लाठी और डंडों के सहारे वो चल के आ रहे हैं और क्या होता है मोहदिन जब देता अज़ान हैया आल्स हैया आल कामयाबी इधर है कामयाबी इधर है फ़जर की अजान होती है सलाद वैरुमन तो वो इंसान वो असल हीरो हम लिहा हटाता है और वो उठता है और ठंडे ठंडे पानी से वजू करता है ठंडे पानी से अपने चेहरों को धुलता है ठंडे पानी से हाथों को धुलता है और फिर वो अल्लाह के यहाँ अल्लाह की बारगाह में आता है और नमाज़ पढ़ता है मेरे भाई सोचो वो असल हिरो हमारे लिए ये कोई नहीं है हीरो वीरो सोचो ज़रा सोचो मेरे भाई हम कहते हैं कि एक ही बात कहते हैं देखो रमज़ान आ रहा है रमज़ान की तैयारी करो एक ही वो हमारी शायरी थी वो हमने पढ़ी भी थी बहुत से लोगों को पसंद भी आई थी कि बच्चे बूढ़ो जवान देखिए जिस जिसने फ़िल्म पढ़ान अब वो हो गए खुदा के नाफरमान बन जाओ अब खुदा के महबूब इंसान और जमा करो अपनी आखिरत की तैयारी का सामान क्योंकि आ रहे हैं कैसे मेहमान जिनका नाम है रमज़ान और एक दिन निकलेगी हम सबकी जान और मर के जाना हम सबको कब्रिस्तान तो मेरे भाई दुनिया की चक में मत पड़े ये दुनिया एक धोखे का घर है मच्छर का पर है मकड़ी का जाला है उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है यहाँ की चक्का चौंदी यहीं रह जाएगी मिल हयात दुनिया इल्ला मदाउल गुरूर ये दुनिया धोखे का घर है नहीं है तो फिर मेरे भाई उनसे पूछा जो कब्रों में जा चुके हैं जो कब्रों में आज बेहाल हो चुके हैं उनसे पूछा हो एक बार अगर वो बता रहे होते ना अगर वो मौका अल्लाह ऐसा देता कि वो आए लोगों को बताएँ तो फिर मेरे भाई कोई भी आज बुरे काम नहीं करता सब क्या करते अल्लाह को खुश करने वाले काम कर रहे होते तो मेरे भाई ये दुनिया धोखे का घर है वहाँ हमको पता लग जाएगा कि हम किसके फ़ैन हैं और हम किसके फ़ैन हमें होना चाहिए था कौन हमारा असल हीरो है और कौन हमारे असल हीरो थे वहाँ कब्र में जाने के बाद पता लग जाएगा अल्लाह ने हमको पैदा किया मिन खलक अल्लाह ने कहते हैं हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया वीहा नुदम और वापस मिट्टी कर देंगे और मिनहानुर जुम तारत नुरा और वापस इसी मिट्टी से हम तुमको दोबारा ज़िंदा कर देंगे तो मेरे भाई बहुत अहम चीज है मेरे भाई अपने टाइम मत बर्बाद करो मौज मस्ती में मत अपनी जिंदगी काटो उस रब को याद करो जिसने आपको पैदा किया हर वो काम मत करो जिससे आपका रब नाराज़ हो रहा है हर वो काम मत करो जो आप जो आपको क्या दिख रहा है कि हम उस रब से गफलत में पढ़ते चले जा रहे हैं जिसने हमको बनाया है याद रखो हम ये सोचते हैं हमारी आँखें हैं हम ये सोचते हैं हमारे कान हैं हम ये सोचते हैं हमारी ये आँखें हैं और ये हम सोचते हैं हमारे नाक हैं हम सोचते हैं ये हमारी ज़बान है जो चाहें जैसी अपनी मर्जी काटें जो चाहें जो कुछ भी करें आंखें जिधर चाहें उधर देखें आंखें टाइम बर्बाद करें आंखें फटान जैसी फिल्में देखें और जैसी फिल्में देखें निरी फिल्में देखें लेकिन वो रब कहता है नहीं इन आँखों से तुम अल्लाह की कुदरत को देखो इन आँखों से तुम अपनी माँ को देखो इन आँखों से तुम अपनी फूपी को देखो इन आँखों से तुम अपनी खाला को देखो इन आँखों से अल्लाह की कुदरत को देखो मेरे भाई बिला वजे के टाइम मत बर्बाद करो इन आँखों से उल्टी सीधी मूवीज़ मत देखो देखो इस्लाम की नज़र में कोई सी भी फिल्म सही नहीं है कोई सी भी नहीं इस्लाम इन सब चीज़ों को मना करता उसके है उसके नज़दीक ये सारी चीज़ें बैंड हैं वो हर चीज़ का बॉय बॉयकाट करता है हर फिल्मों का बायकाट करता है चाहे वो शाहरुख खान हो सलमान हो या और कोई हो हर फिल्मों का बॉयकाट करता लेकिन हम पता नहीं क्या यार एक इंसान हो के पता नहीं एक मुसलमान हो के मुसलमान है भी या नहीं है लेकिन मुसलमान हो के इन सब चीज़ों को करते चले जा रहा करते चले जा राना कोई हम रुक ही नहीं रहे अपनी लगाम लगा ही नहीं रहे बताओ क्या पठान में आपको मिला कुछ मिला नहीं है पठान पठान तो असल वो पठान है अल्लाह के यहाँ आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आप पठान हैं या सैद हैं या वो हैं आपसे पूछा जाएगा आप एक अच्छे इंसान हैं या नहीं हैं आपसे ये पूछा जाएगा आप बहुत खुश हैं कि पढ़ान हम भी या उन्होंने और उन्होंने भी पढ़ान फिल्म निकाल दी अरे भाई ये सब अल्लाह के यहाँ आपको पता लग जाएगा कि कौन कितना पढ़ान था कौन कितना और नीची जात का था और कौन कितना राजा था और कौन कितना बादशाह था और कौन कितना बड़ा बिजनेसमैन था और कौन कितना बड़ा इंसान था वो सब अल्लाह के यहाँ सब कुछ आप लोगों को अपनी आँखों से देख लोगे तो मेरे भाई अभी टाइम है हमारे पास पाँच चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ़ अल्लाह को ही पता है जिनका इल्म अल्लाह को ही है हमको नहीं बताया गया बारिश कब होगी कहाँ होगी ये किसी को नहीं पता कल की आपकी अर्निंग कितनी होगी कितनी होगी और कब होगी कैसे होगी ये भी आपको नहीं पता कल की कमाई इसी तरीके से तीसरी चीज़ है जो माँ के पेट में जो लुतफा जा रहा है उससे क्या बन रहा है आपको नहीं पता चौथी चीज़ यही है चौथी चीज़ आपकी यही है कि मौत का वक्त कब आएगा कैसे आएगा और मौत आपकी कैसे होगी कब होगी ये भी आपको नहीं पता लेकिन बहरहाल इतना तो ज़रूर हम लोगों को पता है कि एक दिन हमारी जान निकलेगी तो मेरे भाई ज़रा इन बातों के ऊपर कान लगाओ सोचो ज़रा दिल के कानों से समझो इन बातों को कि आज हम अपना टाइम क्यों कीमती बर्बाद करते चले जा रहे हैं क्यों हम इंटरटेनमेंट के कामों में मशगूल हो रहे हैं क्यों नहीं हम उस अल्लाह से लौ लगाएँ और अपनी जवानी के अल्लाह के हवाले कर दें वो कहते हैं ना कि, कि सात आदमी ऐसे होंगे जिनको कयामत के दिन अल्लाह क्या करेंगे अपने साय में उनको साया देगा तो वो कौन होंगे एक वो इंसान होगा उन्हीं में से वो जवान आदमी जिसने अपनी जवानी अल्लाह के हवाले कर दी होगी वो इंसान होगा सोचो आज हमारा जवानी आज हमारी ये जवानी कहाँ कट रही है अयाशी में मौज मस्ती में कटती चली जा रही है बुढ़े बच्चे सब की। आज तो हम अल्लाह के यहाँ तब आते हैं जब हम बुराई करने के काबिल भी नहीं होते हैं जवानी में आना चाहिए था लेकिन हम बुराई करने के काबिल भी नहीं होते हैं, तब आते हैं ज़रा सोचो मेरे भाई कैसी ये गफलत की ज़िंदगी है छोड़ दो इस ज़िंदगी को मेरे भाई उस रब ने जो ज़िंदगी हमें बताई है वही मेरे भाई असल ज़िंदगी है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी काटो लोगों के चक्करों में मत पड़ो ये दुनिया एक ठकेला है ये दुनिया एक झमेला है यहाँ की झंझटें हैं ये दुनिया मकड़ी का जाला है दुनिया एक ठेला है ये दुनिया एक मेला है यहाँ पे लोग आएंगे और चलते चले जाएँगे लेकिन अकलमंद इंसान कौन है जो कहता है मरने से पहले मौत की तैयारी कर लेता है अक्लमंद इंसान कौन है वो कामयाबी ढूंढता है कामयाबी कौन सी वो कामयाबी जो बाद में उसकी काम आए वो ये कामयाबी ढूंढता है असल कामयाबी हमारे लिए नहीं है कि हम दुनिया में बहुत अच्छे इंसान बन जाएं, बहुत पॉपुलर इंसान बन जाएं, बहुत पैसे वाले बन जाएँ ये कोई सी कामयाबी नहीं है बताओ कैसे कामयाबी है अगर हम देख भी ले और सोचे भी ये कामयाबी है तो बताओ एक दिन हमें मौत आ जाएगी हमारे ये जिसम सारे के सारे ढीले पीले पड़ जाएंगे और एक दिन कुछ भी नहीं होगा और हम मर जाएंगे तो बताओ ये कामयाबी है कुछ नहीं सारा का सारा जो हमने पढ़ाया कमाया था बचाया था वो सब कसब सब यहीं रह गया हमारा कामयाबी कौन सी थी असल ज़िंदगी की कामयाबी लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसी कामयाबी के चक्कर में पड़े हुए जो गोरे कर रहे हैं जो हिंदू कर रहे हैं उसी कामयाबी के पीछे पढ़े हुए हैं तो मेरे भाई प्लीज़ अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए, अल्ला लिए मेरे भाई उन कामों को मत करें जिनको अल्लाह ने नहीं बताया अल्लाह ने जो बताया उनको करें तो रमज़ान का महीना आ रहा है मेरे भाई अभी आपके पास टाइम है जवान है अल्लाह ने नेमत दी है आपको बहुत ही अच्छी नेमतें हैं आपके पास इस नेमतों की शुक्रगुज़ारी होनी चाहिए तो अल्लाह हमसे इसके बारे में सवाल भी करेगा और हमको इसके जवाब भी देना होंगे बहुत सारी नमतें हैं मेरे भाई रमज़ान भी आ रहा है उस रब की तावत और फमाबरदारी में लग जाओ अभी से ही मेरे भाई अभी से ही लग जाओ और ये पठान वठान फिल्में इन सब की बातें करना छोड़ दो मेरे भाई कुछ भी नहीं रखा इन सब चीज़ों में अभी आप मुश्किल ब मुश्किल तीन चार दिन की और बातें करेंगे उसके बाद सब कुछ बंद फिर कुछ नहीं और फिर दूसरा कुछ मार्केट में आएगा तो अल्लाह के लिए मेरे भाई अपनी जवानी को अल्लाह के हवाले कर दो अल्लाह ताली हम लोगों को कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी कदाफरमा